खोहियाँ खूँ मे इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया खोहियाँ खूँ में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा